आप भी प्लीज थोड़ा लड़कियों को गाइड करेंगे बहुत सारे लोग जानने चाहते हैं क्या खाती है आप खाती है बतल, बतल, बतल, बाई, बाई, बाई। बतल, भाई, मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ हाँ। नहीं करती नहीं बिल्कुल नहीं करना करना चाहिए सब करना चाहिए सबको तो क्या बोला तूने बट एम बिग बिग फूड ही हमारे घर में सिर्फ खाने की बात करते हैं ज़्यादा अच्छा तारा सुतारिया है वो फूड किधर जा रिया बहुत प्यारी लग रही हैं आप <laughs> yeah boy thank you so <laughs>